ये ऊपर उसका स्टूडियो है ऊपर ये वाला और ये दूसरा घर है तो दोनों हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग दोबारा शुरू करा है, बहुत बिजी था बीच में शूट्स वगैरह थे और वहां जाना था तो आज ब्लॉग को शुरू करते हैं दोबारा से आपसे कोशिश करता हूँ कि रेगुलर ब्लॉग डाला करूँ बट टाइम नहीं होता बट मेरे को रेगुलर करना है तो करते हैं कोशिश और बने रहते हैं आपके साथ आप भी मिस कर रहे हो मैं भी आप सबको मिस कर रहा हूं आपकी कमेंट्स आ रही थी अच्छी अच्छी आपके लाइक्स आ रहे थे आपके सब्सक्राइब भी आ रहे थे थैंक यू उन सब के लिए तो अब शुरू करते हैं आज से दोबारा से ब्लॉग तो चलो आज मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी में स्पीकर सही कराने बहुत खराब हो रखे तार वार कुछ हिल गई थी बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ही गाड़ी में सी लगवाई है अभी तो उसके चक्कर मैंने सारा बेस्टिप वगैरह सब कुछ हटा दिया था तो तारें हिल गई हैं तो उसी को टिक कराने चलते हैं चलो चलिए आ चुके हैं गाड़ी का काम कराने ये वरुण भी हैं बहुत ही पुराने मेरे जानकार हैं और भैया का बहुत अच्छा नाम है ऑडियोज वॉडियो में तो ये भैया से मैं करवाने आया हूँ स्पीकर ठीक करवाने आऊँ तारे कनेक्ट करवा रहा हूँ भैया हेलो बोलते सबको हेलो अपनी दुकान बता दो कहाँ पेदाबाद जैन इलेक्ट्रॉनिक्स वरुण जैन है भैया का नाम बहुत अच्छा है और भैया से आपको कोई एम्प वगैरह लेना हो बेस्ट लेना हो भैया से कांटेक्ट कर सकते तो हैं सारी असेसरीज भैया रखते हैं भैया की दुकान में यहाँ से दिखाऊँ तो दिखेगी बोरा सामने बोर्ड दिख गया ये जैन इलेक्ट्रॉनिक्स तो गाय हो गया काम गाड़ी में स्पीकर चालू हो गए है ये वाला भी और ये वाला भी दोनों स्पीकर चालू हो गए और यहाँ लगा हुआ पीछे जाम पूरा गाड़ियों की मार्केट है इसे बोलते हैं तिकोना पार्क ये है गाड़ियों की पूरी मार्केट है यहाँ सारी गाड़िया ठीक होने आती हैं एक्सीडेंटल गाड़ियां लाइटे वाइट है। सब कुछ मिल जायेगा आपको इसमें जो कहीं पे भी नहीं मिल सकता वो आपको यहाँ मिल जाएगा यहाँ सब जुगाड़ चलते है अच्छे खाते चलो मैं बैक करता हूँ मिलते है दोबारा जाम से भी निकल गया और अब मैं जा रहा हूँ घर की और फिर मिलते हैं घर के बाद दोबारा से काम तो हो गया स्पीकर चालू हो गए हैं स्टार्ट हो गए हैं गाना नहीं सुना सकता क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट वाला सीन हो जाएगा तो मिलते हैं घर जाके और मैं गाड़ी चला रहा हूँ चलाते जाते अलाउड नहीं होता फ़ोन यूज़ करना तो बाय बाय तो हेलो गाइस ये है आलोक और आप देख रहे हो अवनीश भाटिया ब्लॉग तो ये मेरे ब्लॉग में पहली बार आया ये है मेरे मामा का बेटा आपको मैंने दिखाया था अंकुश को जो लास्ट टाइम मिला था छोटा वाला मेरा भाई मामा का और अंकुश की बहन रश्मिता ये उनका बड़ा भाई है सब्सक्राइब करना, करना है और शेयर भी करनी है हाँ। भूलना मत करना। और कमेंट जरूर करके बताना है वो जरूरी है उससे हमारे फीडबैक मिलता रहेगा की क्या करना है आगे कैसे बनाना है ना और बताओ सब बढ़िया मोह जा रही है कोई दिक्कत परेशानी होए तो बता देना भाई को भाई भी आके आपकी थोड़े क्या करेगा अफसोस करेगा ओहो क्या हो गया <laughs> <laughs> खैर मेरे को मत बताना अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो क्योंकि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है ना चलो मिलते हैं फिर दोबारा अलोक कहना चाहता और नहीं मैं बस भाई ब्लॉक कैसे लगते हैं तेरे को बहुत अच्छे भाई बहुत थैंक यू थैंक यू कोई बुरा लगे तो कमेंट करके बता भी दिया करो भाई ये खराब है ये खराब है, है ताकि मैं अपनी चीज सुधार सकूं। पता तो कोई ऐसा लगा नहीं ब्लॉग। चलो थैंक समझ यू। समझ लगे थैंक यू कोशिश कर रहे हैं हम आपके अच्छा लगने के लिए बाय बाय मिलते हैं दोबारा से ओके बाय गाय आया था कैरी मिनाटी के घर या लोक भी है मेरे साथ अभी उसके ना कैरी मिनाटी के पापा मिले और वो बोल रहे हैं कि अभी है नहीं वो घर पे और मैं सामने खड़ा हूँ उसके पापा भी सामने खड़े हैं मैं अभी आपको दिखाता रुको। वो कह रहा है अभी है नहीं और वो गुड़गांव नोएडा और पता नहीं कह रहा है कभी बॉम्बे चले जाते हैं कह रहे है, बेटा हमारा को नहीं पता रहता है कुछ भी कहा रहते हैं तो अभी आपको उनके घर दिखाता हूँ दूर से ही मोड़ता हूँ कैमरा बैक साइड करता हूँ ये वाला घर है ये देख सकते हो आप ये ऊपर उसका स्टूडियो है ऊपर ये वाला और ये दूसरा घर है तो दोनों घर एक साथ ही है और ये बहुत ही अच्छा घर पहले से बनवा लिया है रेनोवेट करवा दिया पूरा इन्होंने घर और ये मिस्त्री लगे हुए हैं इनके घर में ये वाला घर है ये एक फ्लोर दो फ्लोर वहाँ पे बना हुआ है इनका स्टूडियो और ये वाला है घर एक ये है और एक ये है दिखा देता हूँ थोड़ा सा ये अभी बनवाया इन्होंने घर मेरा हैंड शेक और है बहुत ज़्यादा क्योंकि जूम पे हो जाता है ये पूरा इसका मतलब आगे का गार्डन एरिया है ये वो खड़े उसके पापा पीछे ऊपर छत पे देखो वो देखो अरे ये खड़े पापा <laughs> गायद अभी हम होके तो आए हैं बट कोई फायदा नहीं हुआ मैं एक दो बार पहले भी गया था पर मैंने वीडियो में कभी नहीं दिखाया पर लोग था लोग कह रहा चल कैरी मिनाटी का घर दिखा घर दिखा तो आज इसको भी दिखा के ले आया और अपने एक दो दोस्तों को और भी ले गया था मैं कैरी के घर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसलिए आपको नहीं देख पा रहा ठीक है तो अब गए थे अब उनके पापा मिले कह रहे बेटा वो मेरे को खुद को नहीं पता रहता वो कहाँ रहता है तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते रहना ना आपका जब लक अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा हमारा लक पता नहीं हमारा लक खजमाना पड़ेगा हमारे को बार बार चलो अब हम आ गए हैं सेक्टर 16 की मार्केट में तो फिर मिलते हैं बहुत देर बाद ये बच्चे सेक्टर सोलह की मार्केट इतनी देर से उसके घर से निकले हुए हैं इतनी देर से उसके घर से निकले हुए हम कैरी के इतनी दूर घर है कम से कम कितना होगा पाँच सात किलोमीटर तो दूर सात किलोमीटर भाई बड़ी दूर था यार नहीं ज्यादा दूर में तो सात आठ किलोमीटर है यहाँ से और चलो मिलते हैं दोबारा अब अब हम कुछ खा लें पी लें शायद कुछ खाएगा अभी तो खाना ही खाया था लेट थोड़ी तो अभी तो भूख नहीं है चलो घूमते हैं जब तक थोड़ा सा तो गाई अब निकले हम मार्केट से कुछ था ही नहीं मार्केट पूरी खाली थी जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से जब से कुछ स्टार्ट हुआ है मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था मतलब ऐसे बस दोस्त मिल गया था उसके तो साथ टाइम पास कर लिया तो इसलिए मैंने आपको भी कुछ दिखाया ही नहीं मार्केट में एक फ्रेंड मिल गई थी उससे भी बात करी। बात करी बट बस वो भी चले गए खाया पिया उसने अपना और हलो कैसा लगा ठीक था ऐसे ही घूम फिर के आ गए बस दोस्त से मिल के आ गए एक और ज्ञानी इस एक आइसक्रीम खा थी बस बट कोई नहीं कल चलेंगे कल चलेंगे कल नहीं देखते हैं अब कल फिर कभी बीच में निकलेंगे एलविश यादव का घर तो मेरे को पता है कहाँ है जो उसका घर बन रहा है वो तो मेरे को पता है कहाँ पे है बट वो नहीं पता है जहाँ पे वो अभी रिसेंट रह रहा है और जो घर बन रहा है उसमें अभी टाइम लगेगा कम से कम एक साल लग जाएगा उसको बनने में और स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ मतलब यहाँ जाम लगा हुआ है इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे मेरे को सामने जाम लगा हुआ है ये सारा दिख गया देख ही होगा फ्रंट कैमरे से चल रहा है ना पर भाई साहब आज तो हमारा कह के पापा ने अच्छा वाला कार्ड दिया <laughs> कह रहे बेटा मेरे को आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा आपको बता रहता है कि वो कहा रहता है कहाँ नहीं बोलता है हमार को नहीं और भाई कि वो क्या गलत बोला भाई उनका बेटा नहीं है, है। कि अपने बेटे से मिलवाने के लिए कुछ गलत थोड़ी बोला हमने गलत गलत बोला भाई साहब गाय से ये बताओ भाई साहब आज अंकल ने ये बोल दिया अंकल आपके फ्रेंड है अन्तर, अन्तर, ने बोल दिया ऐसे नहीं बोला है। अपने आप आपसे तो मक्खन लगा रहा है <laughs> वो लगा रहा है बात है वो मसाला मैंने बोला अंकल जी आप कौन कह रहे बेटा मैं उनका पापा बोल रहा हूँ मैं का, अच्छा नमस्ते अंकल फिर कह रहे हाँ जी मैं का, अंकल जी अपने बेटे ऐसी मिलवादा हो मैंने नहीं कहा था मैंने गलत नहीं कहा बेटा बेटा ही नहीं कह रहे बेटा हमारे को तो कुछ पता ही नहीं रहता वो कहाँ रहता है कहाँ आता है कहाँ जाता है हमारे से ज्यादा बेटा आप नॉलेज रखते हो उसके बारे में वो स्टोरीज हम तो इंस्टाग्राम चलाते नहीं है जो कुछ पता होगा आपको ही पता रहता है वो कहाँ आता है, जाता है हमारा तो दोस्त पता है वो घर से घर पर नहीं है आता और चला जाता है कुछ भी नहीं पता कहाँ आता है कहाँ जाता है चलो अब देखते हैं कभी मिल गया तो ठीक नहीं तो फिर मिल जाएगा ये सात आठ किलोमीटर दूर रहता है हमारा कभी चक्कर लगा तो हो पास में चलो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ घर जाते हैं फिर उसके बाद लॉक को देखते हैं बस सुबह से आज यही हुआ कुछ टाइम पास ही हुआ कुछ ज़्यादा कुछ खास करा नहीं अभी फ्री हुआ था कल परसों शूट से क्योंकि वेडिंग का सीज़न ख़त्म हो गया है चलो मिलते हैं दोबारा से यहाँ लग गया है बुरा वाला जाम ये रेड लाइट है आगे और रेड लाइट भी बहुत दूर है बहुत दूर पर जा, हम जाएंगे वहाँ रेड लाइट तक पहुँचेंगे तब तक दोबारा रेड लाइट हो जाएगी हम लगा हुआ है हम आपसे बातें कर लेते हैं अब आपको किसी को मेरे साथ ब्लॉग बनाना हो या कोई अपना ब्लॉग चैनल शुरू कर रहा हो या फिर किसी ने अपना व्लॉग चैनल शुरू कर दिया हो तो मेरे से आके कांटेक्ट कर लेना क्योंकि मिल के ब्लॉग बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा और ये लोग हमारा जिम बॉय आज जिम जाएगा ये। कुछ तो कैसे है, कहते हैं भाई बी लाइक अवनीश ओके गाइस जब भी कोई सामान लेता जिम नहीं जाता जा और अभी तो वैसे भी तीनों जगह पैर रखे काम के लिए आया था चौका डिवाइन वाले काम के लिए आया था अपने बट देखो जल्दी खोलने अपना कैफे दोबारा से ना बहुत कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं बहुत ज्यादा शेक्स वगैरह अब तो गर्मी अभी आ गई एक्चुअली मेरे पास था शेक्स पिज्जा पास्ता सैंडविचेस बर्गर मोमोज ये सब चीज़ें थी और सबको सब कुछ पसंद था मेरे कैफ़े का बाय गोड ग्रेस भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ अच्छा था बस लॉकडाउन ने काम ख़राब कर दिया है बट कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं दोबारा से करेंगे दोबारा से सबको देंगे शेक्स वगैरह जो भी मांग रहे हैं बहुत कॉल्स आती हैं डेली की ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ डेली के बहुत सारे मैं पर्सनली बाय खुद भी बना सकता हूँ और लड़के भी रखे थे पाँच सात चलो जो होगा अच्छा होगा ट्रैफिक खुल गया बाद में बात करता हूँ बाय